आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी खोई हुई ईमेल आईडी को किस प्रकार से पा सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग अक्सर अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं लेकिन उसको फॉरगेट नहीं कर मतलब फॉर्गेड करके वो पासवर्ड ले लेते हैं लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि उनको पासवर्ड तो याद है लेकिन अपनी ई मेल नहीं याद तो वो ई मेल किस प्रकार से निकाली जाएगी उसका हम आज आपको प्रोसेस बताएँगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों आपको किसी भी एक ब्राउजर पर यहाँ पे ईमेल अकाउंट लिख के सर्च कर देना है सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे Google अकाउंट सिंग इन इस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा तो जहाँ पर आप ये फॉरगेट ई इस फॉरगेट ई पर क्लिक करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर या ई मेल इन दोनों में से एक दर्ज करना है तो आपके पास ईमेल आईडी तो होगी नहीं क्योंकि आपको ईमेल आईडी ही फॉरगेट करना है तो आप उस ईमेल आईडी में जो फ़ोन नंबर आपने डाल रखा होगा तो वो यहाँ पे फ़ोन नंबर आपको दर्ज करना है एक तरीका तो ये हो गया अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं जाना है मीनू पर आने के बाद आपको ये देख सकते हैं जी इस जी मेल आपको क्लिक करना है जी मेल क्लिक करने के बाद आप ये तीन डॉट जो देख रहे हैं इस तीन डॉट पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद ये सब लास्ट में आप देखें सेटिंग इस सेटिंग पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ऐड अकाउंट इस ऐड अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं सेटअप ईमेल इसमें आप गूगल आउटलुक हॉटमेल एंड लाइव याहू और एक्सचेंज एंड ऑफर इनमें से आपको गूगल पे क्लिक करना है गूगल पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये आपको वेरीफाई करने के लिए कहेगा क्योंकि आप एकाउंट ऐड कर रहे हैं तो ये जब आपसे पासवर्ड भी मांग सकता पासवर्ड भी इसमें डाल सकते हैं जो भी स्क्रीन का होगा तो आप देख सकते हैं आप वहीं आ गए हैं जहाँ हमने आपको शुरू में सिंग करने के लिए बताया था तो आप ये देख सकते हैं फॉरगेट ईमेल इस फॉरगेट ईमेल पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये आपसे फ़ोन नंबर और ई ये पूछेगा तो आपको ईमेल ही फॉरगेट करना है आपके पास ईमेल तो है नहीं तो इस वजह से आपको यहाँ पे उस ईमेल में जो ईमेल आप फॉरगेट कर रहे हैं उस ईमेल में जब कभी आपने मोबाइल नंबर जो डाला होगा उस नंबर को यहाँ पे दर्ज करना है तो चलिए दोस्तों हम दर्ज कर देते हैं मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आप देख सकते नेक्स्ट इस नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है तो देख सकते हैं आप यहां पर आपसे फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछेगा तो आपने जो ईमेल आईडी बनाई थी उसमें क्या आपने नाम डाला था तो आप यहां पे फर्स्ट नेम में जो भी आपने ईमेल में नाम डाला हो वो आपको यहां पे दर्ज कर देना है और लास्ट में जो डाला हो वो दर्ज कर देना है तो चलिए हम डाल देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट इस पर क्लिक कर देना है तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा जिसपे आपको कंफर्म योर नोट रोबोट यहाँ पे आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चे को आपको यहाँ पे दर्ज करना है कभी कभी कैप्चा भी आ जाता है और कभी कभी आपके मोबाइल नंबर पर ओ भी भेज सकता है तो आपको जिस माध्यम से सही लगे आप उस माध्यम से कर सकते हैं तो चलिए हम ये ओ टी पी दर्ज कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कैप्चा जो लिखा हुआ है उसी को सेम इसी तरीके दर्ज कर देना है देख सकते हैं नेक्स्ट इस नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल पे एक ओटीपी मांगेगा तो उसी इस पे आपको सेंड कर देना है जैसे ही आप सेंड करेंगे तो आपके जो ईमेल में रजिस्टर्ड नंबर रहा होगा उस पर एक ओ जाएगा तो उस ओ को आपको यहाँ पर डाल देना है ओ डालने के बाद आप ये जो देख सकते हैं नेक्स्ट इस नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी ये ईमेल आईडी आपके सामने शो हो जाएगी कि आपने कौन सी ईमेल आईडी आपने लगाई थी जो आप भूल चुके हैं तो ये आपको पूरी ईमेल आईडी दिख जाएगी आप इसको नोट करके पासवर्ड वगैरह जो भी डाल करके आप लॉग कर सकते हैं तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों धन्यवाद दोस्तों